आप सभी को मेरा प्रणाम हर्बल रेमिडीज एंड नेचर ट्रीजर में आपका स्वागत है साथियों आज बात करेंगे आप ही के किचन में पाए जाने वाला एक प्लांट इसको आप अजवाइन कहते हैं ट्रेकिस परमम एमी ए फैमिली का है और महान औषधि है इसको आप कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं इस बारे में आज हम चर्चा करेंगे और क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं उसकी चर्चा करनी भी बेहद ज़रूरी है यह जो प्लांट है आप देख रहे हैं यह एंटीफंगल, एंटीबैक्टीरियल एंटीवायरल, एंटीमाइक्रोबियल, एंटी, एंटी, एंटी, एंटी एंथलमेंटिक और एंटीलिथियटिक डायूरेटिक एंटी, एंटी विभिन्न प्रकार की एक्टिविटीज़ इस प्लांट की पाई गई हैं इसके अंदर थाइमोल कार्बाकोल ग्लाइकोसाइड सेपोनिनपिनोइ कैल्शियम फास्फोरस, आयरन निकोटिनिक एसिड इत्यादि विभिन्न प्रकार के केमिकल कॉन्स्टेंट पाए जाते हैं और इतनी बीमारियों में इसका इस्तेमाल किया जाता है कि वर्णन करना संभव नहीं हो पाएगा कुछ जो मुख्य हैं वो आज आपके सामने रखेंगे जैसे कि कई बार क्या होता है कि पेट में कीड़े हो जाते हैं तो क्रमिनाश के लिए आप क्या कर सकते हैं इसके जो लीव्स हैं इसका डिकोक्शन बना लीजिए और शहद मिला के आप पी सकते हैं वंडरफुल कार्य करता है कई बार एमिनोरिया की समस्या हो जाती है एमिनोरिया का मतलब होता है कि पीरियड्स का ना आना ऐसी अगर कोई समस्या होती है तो हम क्या करते हैं लेमन जूस में लेकर इसके बीज को तीन दिन के लिए हम उसको भिगो के रखते हैं और जूस को बदलते रहते हैं तीन दिन बाद क्या करते हैं बादाम को हम लेमन जूस में दूसरे कंटेनर में भिगो के रखते हैं और फिर इनको मिला के इनका चूर्ण बना लेते हैं तीन तीन ग्राम दिन में दो बार अगर आप इसको लेंगे तो इम्यूनरिया की कैसी भी समस्या हो इसको दूर करता है ये अगर अजवाइन को आप गोमूत्र में भिगो के रखेंगे एक सप्ते तक और उसका फिर सुखा के आप चून बनाएंगे तो जलोदर की समस्या में विशेष कार्य करता है और अगर अजवाइन को आप केवल नींबू के, के रस में भिगो के रखेंगे एक सप्ते तक और उसको फिर सुखा लेंगे तो किसी भी प्रकार की नपुंसकता की अगर कोई समस्या है तो उसको ये दूर करता है साथियों अगर बहुमूत्रता की समस्या हो या गुर्दे से संबंधित कोई समस्या हो गुर्दा सूल होता हो या स्टोन की समस्या हो किडनी स्टोन की भी समस्या हो तो आप क्या कर सकते हैं दो ग्राम अजवाइन चून लेकर और दो ग्राम गुड़ मिला लें और इसका आप दिन में दो बार सेवन करें बहुत अच्छा कार्य करता है आँखों की रोशनी कम हो गई हो या कैटारैक्ट डेवलप होना स्टार्ट हो गया हो तो इसके पानी से आँखों को धोना चाहिए कान में अगर बहरापन की समस्या हो तो अजवाइन के डिकॉक्शन बनाकर दो से तीन ड्रॉप दिन में एक से दो बार डालने चाहिए बहुत अच्छा कार्य करता है टाइफाइड फीवर हो गया हो तो फिर इसका डिकॉक्शन बनाइए शहद मिला लीजिए दिन में दो से तीन बार छः छः घंटे का मिनिमम अंतराल आपको रखना चाहिए बहुत अच्छा कार्य करता है साथियों कभी आपने क्या सोचा है कि खाना हम बनाते हैं सब्जियां आप लोग तैयार करते हैं या फिर रोटियों में आप थोड़ी थोड़ी अजवाइन डालते हैं बरसात के मौसम में ये किस लिए करते होंगे इससे हमारे बॉडी की इम्यूनिटी बढ़ती है और कई बार क्या होता है कि लंबे समय से रखा हुआ आटा हो या फिर कुछ ऐसी चीज़ें जो बाज़ार से आप ले आते हैं मसाले हो सकते हैं उनमें एफ्लाटोक्सन्स डेवलप हो जाते हैं और एफ्लाटोक्सेंस बड़े हानिकारक होते हैं कि हमारी इम्यूनिटी को सप्रेस करते हैं और लंबे समय तक अगर एफ्लाटोक्सिन कंटेनिंग प्रोडक्ट आप इस्तेमाल करते हैं तो दे में काज कैंसर टू तो यू तो एफ्लाटोक्संस का रेमिडिएशन अजवाइन के माध्यम से सेफली हो जाता है इट इज़ अ वंडरफुल डिटॉक्सिफायर ऑफ एफ्लाटोक्सिन साथियों एक बात और मैं आपको बताना चाहता हूँ बेसन के जितने भी आप उत्पाद घरों में बनाते होंगे उन सब में हमें अजवाइन जरूर डालनी चाहिए क्योंकि लंबे समय से रखा हुआ बेसन होता है उसके अंदर भी एफ्लाटोक्सेंस डेवलप हो जाते हैं तो एफ्लाटोक्सेंस के साइड इफ़ेक्ट को बचाने के लिए भी हमें अजवाइन डालना चाहिए यह वायु वायुनाशक है और इसके अलावा विभिन्न प्रकार के स्किन प्रॉब्लम्स में भी बहुत अच्छा कार्य करता है आप इसके पत्थरों का लेप लगा स्किन की प्रॉब्लम्स के लिए इचिंग की अगर समस्या हो रही हो स्केबीज़ की कहीं समस्या हो दाद की कोई समस्या हो खुजली की कोई समस्या हो उन सब में आप इसका पेस्ट बना लगा सकते हैं कई बार क्या होता है कि अगर शराब पीने की अगर लत भी है तो अजवाइन का काढ़ा बनाकर पिलाना चाहिए और अजवाइन को सब्जियों में डाल देना चाहिए ताकि जो है शराब की लत धीरे धीरे कम हो जाती है यह है एंटी प्लेटलेट का, का कार्य करता है एंटी इन्फ्लामेटरी कार्य करता है एंटी फ्लेरियल एक्टिविटी भी इसके अंदर होती है हाथी पाओ फील पाऊँ इन सब में भी इसका काढ़ा बनाकर पैर को धोना चाहिए और साथ ही साथ डिकॉक्शन का सेवन भी करना चाहिए इसके बीज इसके पत्र समस्त प्लांट आपके लिए महान औषधि है बस आपको इसको सही जानकारी का होना बेहद ज़रूरी है एनालैसिक्स इसके अंदर प्रॉपर्टीज़ हैं पेनक्लर का एक कार्य करता है नेचुरल एनालजेसिक कॉन्सेंट्स इसके अंदर पाए जाते हैं कार्बिनेटिव का कार्य करता है भूख ना लग रही हो तो भूख को बढ़ाता है पशुओं में कई बार इंडाइजेशन की समस्या हो जाती है चारा नहीं खा रहे होते हैं गैस की समस्या होती है तो पशुओं को भी इसका डिकोक्शन मिलाकर गुड़ के साथ दिया जाता है वर्धन के लिए भी इसका इस्तेमाल करते हैं अब हम बात करेंगे इसकी सेफ्टी की इसकी जो प्रकृति होती है उष्ण वीर्य प्रकृति होती है और इसको शहद मिलाकर ही सेवन करना चाहिए और प्रेग्नेसी के समय इसको ना लें यह एबोटिफेशन का कार्य करता है क्योंकि यह है, मसल रिलैक्सेंट है ये स्पाज्मोलाइटिक है स्पाज़्म को कम करता है इस प्रकार आप इसको परिस्थिति अनुसार अपना यूज़ इसको आप कर सकते हैं और शिफ्टी का भी आप इसका ध्यान रखिए आपके क्षेत्र में इस प्लांट को किस नाम से जानते हैं ये भी आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताइए इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ आप सभी का धन्यवाद प्रणाम नमस्कार चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा ताकि नई नई जानकारी आपके स्वास्थ्य संवर्धन हेतु आपको मिलती रहे प्रणाम